रीवा में पुलिस ने ढाई करोड़ की ठगी के मामले में दो ठगों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है इसमें एक आरोपी तथा जबकि कांग्रेस नेता सहित दो आरोपी अभी फरार है रीवा में एक वरिष्ठ चिकित्सक की बहन सीमा अग्रवाल ने अमिया थाने में ढाई करोड़ रूपए ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी सीमा अग्रवाल के पति के विरुद्ध बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ में एक सौ अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज है दिल्ली में बैठकर आरोपियों ने इस मामले को रफा दफा करने के एवज में ढाई करोड़ रुपए ठग लिए सीमा अग्रवाल के पति संजय अग्रवाल छत्तीसगढ़ में ठेकेदार हैं और बीजेपी के नेता हैं इस ठगी में शामिल चार आरोपियों पर 420 सौ का मामला दर्ज किया गया है फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है ये एक फरियादियाँ सीमा अग्रवाल उन्होंने शिकायत की थी भैया थाने में की मुझसे मेरे परिवार जनों ऐसी आ, कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरे पति मेरे भाई की मदद करने के नाम पर से ढाई करोड़ रुपए की ठगी कर ली है पुलिस के द्वारा जब ये मामला आया संज्ञान में लिया गया और प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एफआईआर करने के बाद चार सौ बीस की पुलिस के द्वारा ये पता साझी की गई तो निकल के आया कि यूपी के कुछ लोग हैं जिन्होंने इनके साथ में इस तरह की धोखाधड़ी की है इसमें पुलिस के द्वारा दो आरोपियों को पकड़ा गया जिसमें एक फरीद है जो ओबरा यूपी का रहने वाला और एक अजय सिंह है जो सुल्तानपुर के रहने वाले हैं इन दो लोगों को पकड़ के पुलिस के द्वारा विरक्षा में लेकर इनसे पूछताछ की गई और इनके खाते से करीब कैश के रूप में उन्नीस लाख रुपए और एक होंडा सिटी कार जो पंद्रह लाख की है वो जब्त की गई है और इसमें दो आरोपी और एक संदीप नाम से अरे नाम से वो अभी दोनों आरोपी फरार है। उनके हैं उनके बारे में पुलिस पता कर रही है तलाश कर रही है संगीत कीहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़